हाय कैसे हैं आप फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है गेमिंग फॉर एफएफ की तो चलिए बात करते है अब कुछ लीग यानी अपडेट की तरफ तो एक एक करके मैं आप सभी को सब कुछ बताने वाला हूं तो बेसिकली मैं आज की वीडियो में न्यू मतलब नेक्स्ट ईवो गन एक्समेट की स्क्रीन जो भी न्यू आई है वो आपको बताने वाला हूँ न्यू बैकपैक न्यू सर्फ बोर्ड और बहुत कुछ आइटम निकल क्या है तो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद न्यू कोलेब्रेशन अपना मैकलोड का मेल एंड फीमेल का दोनों बंडल आपको दिखाऊंगा और शायद तक के बैकपैक भी दिखा सकता हूँ और आपको ये बंडल और ये सर्फ बोर्ड बैक पैक का स्क्रीन इसका भी रिव्यू कराऊंगा और आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं उसमें मैंने पूरा रिव्यू कर दिया वो तो बहुत हो गई बातें अब चलिए आपको सीधा सब कुछ दिखाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें पास वाला घंटे उसको प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर दें और एक लाइक भी कर दें लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब पे डबल मोटिवेशन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आपको मैकलोड का न्यू बंडल दिखा देते हैं तो ये है बंडल और एंड फीमेल का बंडल तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिखने में बहुत ही ओपी है और गोल्डन में है मतलब गोल्ड के ऊपर थ्रीम पे बेस्ड है रेसिंग कार पे है उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट जर्सी है तीन टो जर्सी है इनो जर्सी बहुत ही अच्छा और कमाल का है तो ये कब तक आएगा ये तो पता नहीं हाँ लेकिन निकल का है वो मैंने आपको दिखा दिया नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो न्यू पैट निकल के आया था एडवांस सर्वर में वो बदख वाला उसका नाम तो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन उसका स्किन निकल के आया है वही आपको दिखा देता हूँ इसका स्किन निकल के आए दिखने में बहुत ही अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे स्काई विंग तो स्काई विंग में एक एबिलिटी होगी कि नहीं होगी ये तो मेरे को पता नहीं लेकिन आने वाले समय में कुछ निकल के आता है मैं आपको बता दूँगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है तो न्यू स्काइविंग का स्क्रीन निकल के आया घोड़े कलर में है मतलब घोड़े कलर और सॉरी वो घोड़े के एनिमेशन में है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है घोड़ा वाला स्काइविंग तो दिखने में बहुत ही गजब है और एनिमेशन तो भर भर के डाला है मतलब किधर किधर से नहीं डाला है और परवर तो देख ही रहे हैं तो जैसे ही आप एंट्री मारोगे आपका एक अलग से स्वागत किया जाएगा वरना बस मत नहीं फिर बहुत बेज्जती हो जाएगा तो देख पा रहे हैं और ये शायद तक के पेड में आएगा मतलब ये किसी फेडरेट व्हील नहीं फिर और किसी इवेंट में आएगा तो ये फ्री में तो नहीं दिया जाएगा मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत ही एनिमेशन वाला और घोड़ा भी है ऊपर से तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एक्समेट न्यू यू स्किन का तो चलिए वह भी दिखाते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नए मतलब ये वो गन स्किन एक्सेमेट है दिखने में बहुत ही ओपी है गजब है और ये दिखने में बहुत ही पावरफुल तो दिख रहा है बट जब इसके एट्रिब्यूट वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो देखते रहना छोड़ के मत जाना नहीं फिर आप मिस कर जाओगे तो पहले आपको इसके एट्रिब्यूट बता देता हूँ उसके साथ साथ बैक और सर्फ और बहुत कुछ निकले हैं वो थोड़ा बाद में बताऊँगा तो पहले एट्रीबूट बता देता हूँ तो पहला एट्रीब्यूट आने का चांस है वो एक्समेट डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर रिलोड स्पीड माइनस मूवमेंट स्पीड माइनस तो सेकेंड एट्रीब्यूट आने का चांसेस है डबल रेट ऑफ फायर प्लस सिंगल डैमेज प्लस और रिलोड स्पीड माइनस मूवमेंट स्पीड माइनस तो ये मैंने आपको बता दिया इन दोनों में से कोई भी सा आएगा यही दोनों में से आएगा और, और कोई दूसरा मतलब नहीं बनाया जाएगा तो बैकपैक पैक का स्क्रीन लेवल थ्री में कुछ ऐसा दिखता है बहुत ही एनिमेशन है और लेवल वन में कुछ ऐसा दिखता है आप देख पा रहे होंगे और लेवल टू में कुछ ऐसा दिखता है तो लेवल टू में एनिमेशन नहीं है लेवल थ्री में बहुत एनिमेशन किया गया है तो ये वाला बहुत ही उसी के साथ साथ ये वाला MP5 का ये भी स्किन शायद तक के आ सकता है ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि ये दिखने में उसी की तरह है मतलब ब्लू वाले की तरफ एक्समेट की तो ईवो में नहीं तो मतलब ऐसी थीम में भी दे सकते हैं सिंगल डैमेज एट्रिब्यूट ऐसे कुछ तो और इसका बंडल भी है मेल वाला तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी थीम के ऊपर एंड आई थिंक ये वाला आ सकता है ये मैं कन्फर्म हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं बोल रहा हूँ ऐसी अपना ओपिनियन से बोल रहा हूँ तो बंडल भी उसी के थीम पे है और ये कॉस्ट्यूम भी वैसी है तो कमेंट करना आपको क्या लगता है तो तो ये दिखने में ये भी बहुत ही अच्छा है कूल है तो मैंने जितने भी आइटम आपको दिखा है ये सारे आएंगे और भी आइटम है लेकिन उनकी वीडियो मेरे को नहीं मिला तो होपफुली ये वाला वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया तो प्लीज़ से प्लीज़ बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना पास वाला घंटी है उसको प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर देना और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करते जाना ऐसी मत जाना अब आए हो तो और इसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है इसमें जो भी पूरा फ्री आइटम है जैसे कि पेन का स्क्रीन फ्री बंडल बैट का स्क्रीन सर्फ़बोर्ड ये सारे चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा दिखता है तो तब तक क्लियर बाय बाय